ठीक नहीं हो रहा शुगर की बीमारी ठीक नहीं हो रही फैटी लीवर पीसीओडी, कमर का दर्द ठीक नहीं होता मेरे गोडों में दर्द रहता है तो अनेक बीमारियों का समाधान है मालिश मैं कहता हूँ मालिश करके देखें देखिए मैंने एमबीबीएस की डिग्री ली M.B.B.S का कोर्स या M.D करी लेकिन कहीं भी M.B.B.S के कोर्स में मालिश का कोई इंपॉर्टेंस नहीं बताई गई है तो लेकिन जैसे कोई मशीन है कोई साइकिल है गायब है इसके चारा काटने की मशीन है मशीनों को भी तेल की जरूरत होती है ऑयलिंग की जरूरत होती है इसी तरह से हमारी बॉडी को भी ऑयलिंग की जरूरत है जैसे भी फैटी लीवर है ओबेसिटी है मोटापा पी है अगर ज़्यादा चिकनाहट खाएँगे ज़्यादा दूध लेंगे ज़्यादा लेंगे तो बल्कि वो बढ़ जाएंगी। लेकिन मालिश से बॉडी उतना ही तेल जितना हमारी बॉडी को आवश्यकता है तो मालिश कब करें कैसे करें कितनी करें कब ना करें मालिश मैंने बड़े अच्छे इंपोर्टेंट नोट्स बनाए आपके लिए और कौन से तेल से करें यह भी मैंने बनाया मालिश है किस किस अंग को क्या क्या फायदा मिलता मैं एक ही चीज बताऊंगा बस आप स्मार्ट सेशन में जुड़े रहे छोटा सा सेशन है ये स्मार्ट सेशन आप एंट जुड़े रहे कैसे मालिश करते हैं मेरे पापा है मेरे पापा 90 इयर्स के हैं देखिए हमेशा हेल्दी रहते हैं 90 वर्ष की उम्र में बिल्कुल पूरी तरह से हेल्दी हैं क्या हमारा हेल्दी रहने का क्या तरीका है मैं वो आपको बता रहा हूँ मालिश जो करनी है हमें एक तो नमाए तेल से करें जो जो बुजुर्ग हैं तो वो तिल के तेल से मालिश करेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा ये तिल का तेल है ये बात रोगों को ख़त्म कर देता है जितने भी बात रोग हैं कहीं के भी दर्द हैं तो दर्द को ये तिल का तेल है जो बच्चे हैं उनकी हम सरसों के तेल से करेंगे तो अच्छा रहेगा ये कफ़ को दूर करते हैं खांसी जुकाम बलगम को दूर करती है जिनको पित्त के प्रकोप हैं वो जैसे फंगल इन्फेक्शन सोरियासिस एक्जीमा वगैरह वो नारियल के तेल से मालिश करेंगे तो अच्छा रहेगा एक एक अंग को जैसे फेफड़ों को फफड़ों को बड़े अच्छा स्ट्रॉन्ग बनाती है मालिश खुल के सांस मिलती है और लीवर को हमारे बॉडी को लीवर को डिटॉक्सिफाई करती है जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं ब्लड वेसल्स को डिटॉक्सिफाई करती है करना हमें तरीके से है मालिश देखिए ऐसे तेल मैं तो चाहता हूँ कि घर के सदस्य करें तो अच्छा है मेरे साथ में तो गंगा भी है ये देखिए गंगा है पहले बीस साल से मैं अपनी मालिश खुद करता था आज सुबह मेरी मालिश गंगा ने की है तो मैं पापा की मालिश कर रहा हूँ जब मुझे समय मिलता है मैं मालिश कर देता हूँ पापा की ऐसे देखिए जो रिप्स हैं ये रिब्स की ऐसे लेटर मूवमेंट करने हमें और पेट का क्लोक वाइज मूवमेंट करने है पेट के क्लॉक ऐसे शूदिंग मूवमेंट ना बहुत ज़्यादा प्रेशर हो ना कम से काम चलेगा फिर हाथ पैरों के एक तो सर्कुलर मूवमेंट्स गोल गोल सारे लिम्फ को स्पीज करना में फिर एक ऐसे टुवार्ड्स हार्ट दिल की तरफ ऐसे ऐसे मालिश करनी है पेट बड़ा मुलायम रहेगा हमारा पाचन अच्छा रहेगा हमारी कमर में दर्द होगा ही नहीं मालिश करेंगे तो और सिर में दर्द नहीं होगा सिर की भी मालिश हल्के हाथों से करनी है हमें मर्म स्थानों की मालिश नहीं करनी जैसे जो मर्म जो प्राइवेट पार्ट्स हैं ये हैं आँखों की मालिश नहीं करनी हमें सिर की बहुत ज़्यादा तेज ज़ोर से नहीं मालिश करनी अदरवाइज जितने भी जोड़ हैं बॉडी के जो ज्वाइंट हैं ये बड़े ही लचीले बनते हैं वात रोगों का तो एक रामपान इलाज है जितने भी दर्द है हमारे पापा अभी भी दस किलोमीटर की वॉक कर लेते हैं मेरे साथ में टेन किलोमीटर की वॉक ये जोड़ हमारे लचीले रहेंगे सौ वर्ष तक जैसे जैसे साइकिल को जरूरत है ग्रीसिंग की जैसे हम कार की सर्विस करवाते हैं ऐसे मालिश करें देखिए मुझे कभी भी एम के कोर्स में मैंने नहीं पढ़ा इन बेसिक चीज़ों के बारे में कि हमें गर्म पानी से नहाने का क्या नुकसान है हमें वेस्टर्न टॉयलेट का क्या नुकसान है वेस्टर्न टॉयलेट से कितने लोगों को पाइल्स की बीमारी हो गई कब्ज की शिकायत हो गई हम लोग इंडियन टॉयलेट यूज करते हैं हम लोग हेल्दी रहते हैं ये छोटी छोटी चीजें जो एमबीबीएस के एमडी के कोर्स में एलोपैथी में बिल्कुल भी नहीं है और ये छोटी चीजें बड़ी इंपोर्टेंट बन जाती है हम लोग मच्छरदानी में सोते हैं बालकनी में हम लोग हेल्दी रहते हैं पिछले पचास सालों से पापा मच्छरदानी में सोते हैं मेरे को पंद्रह साल हो गए मैं मच्छरदानी में सोता हूं गर्मियों में पंखा नहीं चलाता मैं हेल्दी रहता हूं ये हमारे हेल्दी रहने के टूल्स हैं मैं चाहता हूं कि आप लोग भी अपनाए इसमें और जो मेरी मुहिम है ये होलिस्टिक हेल्थ का जो मेरा अप्रोच है मैं पिछले पच्चीस साल से मैंने सात आठ लाख पेशेंट देखे हैं तो मैं होलिस्टिक हेल्थ अपनाता हूँ एलोपैथी में तो मैंने डिग्री ली है लेकिन मैं आयुर्वेद का भी अप्रोच रखता हूँ जब हम मालिश करते हैं तो हम अपने मरीजों को भी मालिश की सलाह देंगे ए, इसी तरह मेरा नेचुरोपैथी का भी मेरा वो रहता है योग में करता हूँ योग का कहीं जिक्र ही नहीं है एलोपैथी में तो राष्ट्र जो राष्ट्रपति हैं भारत के भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के स्वास्थ्य मंत्री उनको भी मैं चाहता हूँ कि मैं उनको गुहार लगाना चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरी आवाज़ के साथ आवाज़ उठाएँ और एक ऐसा कोर्स हो भारत में जिसमें एलोपैथी के साथ साथ आयुर्वेद नेचुरोपैथी योग के बारे में बड़ा डिटेल में हो एक डॉक्टर ही सारी अच्छी तरीके से मरीज बस करनी हमें अच्छी तरीके से है। एक तो हमेंट करने मूवमेंट एक हमें टैपिंग मूवमेंट भी करने है हाथ है तो स्कूजिंग मूवमेंट ऐसे स्क्विजिंग मूवमेंट ऐसे अगर मालिश करेंगे तो सारा शरीर हल्का हो जाता है बिल्कुल हवा में उड़ता है मैं एक घंटे में दस किलोमीटर की रनिंग कर लेता हूं मैं एक हफ्ते तक खाली पानी पी के रहा हूँ जब स्वामी रामदेव जी ने इंशन किया था जब अन्नाचार्य ने इंशन किया मैंने दोनों के साथ अनशन किया मैंने दोनों ही समय एक एक हफ्ते में खाली पानी पी के रहा हूँ ये कैलिबर मिलता मालिश है ये स्टेमिना मिलता है मालिश है तो मैं चाहता हूँ कि आप भी मालिश करें सिल्वर यूट्यूब ने तो मुझे सिल्वर बटन प्रोवाइड किया है डेढ़ लाख लोग लगभग लग जुड़ते हैं मेरे साथ ये यूट्यूब पे जब मैं लाइव होता हूँ और ये मैं हर संडे को शाम को चार से पाँच लाइव होता हूँ हर बीमारी के बारे में चाहे डायबिटीज कॉन्स्टिपेशन मोटापा कैसे हम फंगल इन्फेक्शन को लाइफ ठीक करके ठीक कर सकते तो आप जरूर जुड़ें और इसमें बहुत सारी वीडियोस हैं कि सभी बीमारियों को हम खान पान रहन सहन सुधार कर सकते हैं ये देखिए हमारी त्वचा का ग्लो बढ़ जाता है मालिश करने से झुरियां नहीं होती से बचा होता एलर्जी, जो उसे। जो है एलर्जी खून हमारा ब्लड है बुढ़ापे की प्रोसेस स्लो हो जाती है एंटी एजिंग होती है मालिश और इम्यूनिटी बढ़ती है हमारी और फिर मांसपेशियां मसल हमारी थकान दूर रहती है जो दिन भर हम मेहनत करते हैं उसकी थकान कम हो जाती है मालिश करने से कमजोरी दूर रहती है वजन जिसका कम होगा वो हो जाएगा जाएगा जिसका ज्यादा कम हो जाएगा। क्योंकि हार्मोनल होता है से हमारी दर्द वात रोग सिर दर्द माइग्रेन चक्कर आना नींद विकार डिप्रेशन है ना नेचुरल पेन रिलीवर है मालिश कमर का दर्द घुटने का दर्द एडी का दर्द फिर नाकान गला हमारे बड़े सुरक्षित रहते हैं मालिश करने से जब भी बच्चे भे... छोटे बच्चे होते हैं उनकी शिशु वाली जगह नाभि में मालिश नाक में मालिश कान में नंगों की मालिश मोटापा शुगर खांसी जुकाम बलगम ये बड़े जल्दी ठीक होते हैं मालिश करने से हार्मोनल बैलेंस अच्छा रहता है हमारी बॉडी में गुड हारमोन बनते हैं एंडोर्फिस बनते हैं लेकिन एक तो मर्म स्थानों पर मालिश ना करें एक पित प्रकोप जब हो ज़्यादा तब मालिश ना करें अपच हो या स्किन में रैसेज दाने दाने हो और मेंस्ट्रुअल साइकिल के पीरियड के समय में मालिश से बचाव करें मैं चाहता हूं कि इस इंफॉर्मेशन का आप सब लोगों को स्प्रेड करें जिससे कि सब लोग लाभ उठाएं देखिए प्राकृतिक वातावरण है ये जो शाम का समय है जब भी मालिश करें तो खाली पेट मालिश करें या तो सुबह के खाली पेट मालिश करें या जो शाम का समय सूरज छिपने से पहले मालिश करके नहा के फिर खाना खा के फिर वॉक करके आए तो ऐसे समय का भी ध्यान रखें और परिवार के सदस्य एक दूसरे की मालिश कर सकते हैं बाकी किसी हेल्पर की हेल्प भी ले सकते हैं लेकिन जरूर करें मालिश मालिश का जो मेरा तो ना देखिए भारतीय शास्त्रों में बड़ा मेरा इंटरेस्ट है ये भारतीय शास्त्रों में बड़ा जिक्र आया है मालिश का ये आचार संहिता की बुक है अठारह रुपये आते गीता प्रेस गोरखपुर की इसमें डिटेल्स हैं इसमें तो आया कि किस दिन जो स्वस्थ व्यक्ति है वो इन दोनों मालिश ना करें प्रथमा के दिन के दिन अष्टमी के दिन इक्शी में चतुर्दशी में पूर्णिमा में अवशा में रविवार को मंगलवार को गुरुवार को शुक्रवार को नागरे बाकी दिन मालिश कर सकते हैं बाकी जो रोगी है रोगी की तो डेली मालिश कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है जिसको कोई विकार है राजीव दीक्षित जी हमारे घर आए दो दिन रहे बड़े खुश हुएगी डॉक्टर साहब भारतीय संस्कृति में इतना विश्वास रखते हैं आप सबको निरोगी करें यह बड़ी अच्छी बात मैं चाहता हूँ कि जैसे हम लोग निरोगी रहते हैं इन छोटे छोटे टूल्स को अपना के सब लोग निरोगी रहे थैंक यू इस इंफॉर्मेशन को ज्यादा